समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं शिट भाई इतना परेशान क्यों है यार मुझे लीड गुरु को कोर्स में नहीं है मतलब देख अभी नवरात्रि चल रही है तो इस नवरात्रि के स्पेशल ओकेजन आरोप लीड गुरु लेकर आया हंड्रेड परसेंट का कैशबैक ऑफर अच्छा देट मीन के अगर ट्वेंटी ऐसी लेकर फोर्थ अक्टूबर के बीच में किसी भी कोर्स में तो तुझे मिल सकता है 100% का कैशबैक। तो उसमें तुझे पूरा पूरा अमाउंट लीड गुरु की साइड से रिफंड हो सकता है अच्छा ऐसी बात है ना तो मैं अभी एनरोल करता हूँ